उसने मुझे ये बोल के छोड़ा था कि तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा इधर मुंह मारेगा उधर मुंह मारेगा शादियों में प्लेट माजेगा अरे बहन चो तरक्की दे बदले या